हमेशा के लिए फॉर एवर बिल्कुल सही एग्जैक्टली एग्जैक्टली सच में रियली really? रियली really? किसी तरह से सम हाउ बहुत बढ़िया एक्सीलेंट एक्सीलेंट पहले से ही ऑलरेडी ऑलरेडी ठीक है ऑल राइट right, right, अभी नहीं नोट नाउ नोट नाउ और कुछ नहीं नथिंग मोर नथिंग मोर ये सही है दैट्स राइट दैट्स राइट जल्दी करो डू फास्ट डू फास्ट शांत हो जाओ काम डाउन काम डाउन किस लिए फॉरवर्ट फॉरवर्ट कहाँ पर वेयर ऑन वेयर ऑन समझ गए गॉट इट गॉट इट कोई बात एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम आखिर क्यों बट वाई बट वाई शांत रहो कीप साइलेंट कीप साइलेंट बाहर जाओ गो आउट साइड गो आउट फिर कब डेन वैन डेन वैन कुछ खास नहीं नथिंग स्पेशल नथिंग स्पेशल अंदर ही रहना स्टे इन साय स्टे इन मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ शो मी शो मी वहीं रुको स्टॉप देअर स्टॉप देअर यहां आओ कम हेयर कम हेयर कुछ तो बोलो से समथिंग से समथिंग बस काफी है दैट्स इनफ देट्स इनफ देरी मत करो डोंट डिले डोंट डिले शायद मेबी मेबी ज़रा सोचो जस्ट थिंक जस्ट थिंक अंदर आओ कम इनसाइड कम इनसाइड जल्दी आना कम सून कम सून अच्छी कोशिश की वेल ट्राइड वेल ट्राइड कोशिश करते रहो कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग अगली बार नेक्स्ट अगली बार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम यह वाला दिस वन दिस वन वास्तव में इन फैक्ट इन फैक्ट एक बार और ंस मोर वंस मोर बिल्कुल वैसा ही exactly the same, exactly the same, इसे जारी रखो keep it up, keep it up, थोड़ा इंतजार करें wait a bit, wait a bit, इतना नहीं not that much, not that much और बताओ टेल मी मोर टेल मी मोर तुरंत जाओ गो एट वांस गो एट वांस बस ऐसे ही जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल रहने दो लेट इट बी लेट इट बी अपना ख्याल रखना टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ टेक केयर ऑफ यूर